आप की ट्रिक ना। सिखाता जैसे कि आपको बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है जस्ट तो जस आपको एक स्क्रीन शॉट लेना है इसी स्क्रीन शॉट को आपको अपनी गैलरी में लाना है एंड देन गूगल लेंस पे यहाँ पे आके क्लिक करना और अब यहाँ पे आप देख सकते हो सारी की सारी लिंक आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो दूसरी लिंक खोलते है ये सीधी वेबसाइट खुल गई इनफैक्ट आप यहां से कोई भी टैक्स भी कॉपी कर सकते हो कुछ इस तरह कॉपी टैक्स